नमस्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं तीन बेस्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग जंपिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आप रेगुलर कर सकते हो इस एक्सरसाइज को घर पे भी कर सकते हो आप जिम में भी कर सकते हो दूसरी एक्सरसाइज कमर की एक्सरसाइज है ये इसे कमर खुल जाती है पूरी लंबाई बढ़ने में बहुत बेनिफिट देती है एक्सरसाइज बहुत काफ़ी जने लगाते इस एक्सरसाइज को आप भी लगाया करो रोजिना एक्सरसाइज को घर पर तीसरी एक्सरसाइज फुल अप एक्सरसाइज ये ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इसको लगाने से काफ़ी जनों की हाइट बढ़ी है अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो बेस्ट है ये एक्सरसाइज घर पे भी लगा सकते हो आप कहीं भी लगा सकते हो आप ये जहाँ लटकने की जगह है ना वहाँ पे लगा सकते हो आप ये एक्सरसाइज